पथरिया की दबंग बस्ता विधायक रामबाई ने तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई तहसीलदार किसान के घर कुरके करने पहुंचा तो सलामत नहीं लौटेगा रामबाई ने कमलनाथ सरकार में हुई किसानों की कर्ज माफी की भी तारीफ की विधायक रामबाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वे तहसीलदारों को चेतावनी देती दिख रही है वीडियो में वे कह रही है की कि यदि किसान के घर की कुर्की की गई तो तहसीलदार सलामत वापस नहीं आएंगे वह किसानों के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे विधायक रामबाई किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट लेकर पहुँची कलेक्ट्रेट में उन्होंने एडीएम नाथुर गोन्द से मुलाकात कर किसानों के मुआवजा के संबंध में अवगत कराया उन्होंने तहसीलदारों को चेतावनी देते हुए कहा कि वह किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगी इस संबंध में भी हम एडीएम साहब ऐसी चर्चा करने आए की कि किसानों के साथ रेगुलर अत्याचार हो रहे हैं उनको किसानों को परेशानी है खुड़की की बात करी जा रही है और उनने उसमें आश्वासन दो है कि हम ऊपर बात करें ये सरकार की चर्चा कर कि किसानों की जो ऋण माफी वाली बात है या कब तक हल हो है और ऐसे जो के किसानों के लिए वारंट दो है और कुर्की की धमकी दी जा रही है तहसीलदारों के द्वारा तो उन्हें भी विशेष तौर पर मैं आपके माध्यम से समझा दूँ कि आप लोग चेतावनी समझिए मेरी इस बात को किसी भी किसान को नोटिस आप दे रहे अच्छी बात है अगर किसी के किसान किसी भी किसान के घर या गांव में कुर्की करने पहुंचोगे तो उधर से आप लोग साबित नहीं आ पाओगे क्योंकि किसान के साथ अत्याचार हो नहीं पा रहा है कभी हो सका है मैं जिले के किसानों के साथ पहले भी थी आज भी हूँ रेगुजर में क्षेत्र में भ्रमण पे हूँ आप लोग बिल्कुल टेंशन न ले कोई भी समस्या हो हमें जरूर बताए रामबाई का कहना था की पथरिया विधानसभा में तीन वर्ष पहले सांजली परियोजना के तहत बांध का निर्माण किया गया था निर्माण में जिन किसानों की जमीन डूब क्षेत्र में आई थी उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है प्रशासन ने रामबाई को आश्वासन दिया है कि 4 से 5 दिन के अंदर सभी किसानों का पैसा उनके खातों में पहुंच जाएगा उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कई किसानों का एक लाख तो किसी का पचास हजार कर्ज माफ किया गया था और अभी वर्तमान में बारिश के कारण किसानों की फसल बर्बाद हो गई है ऐसे में तहसीलदारों के द्वारा कुर्की के नोटिस जारी किए जा रहे हैं आश्वासन भी उन्हें दाऊ की उन्ने के चार दिन पाँच दिन के अंदर इनके खातों में पैसे चले जाएंगे। सभी किसान साथ में आए उस गांव की ओर जी जो भारी बारिश अभी हो रही है तो इसके कारण लगातार किसान परेशान हैं, बहुत से गाँव डूब में आ गए है जो खेती बिल्कुल बर्बाद हो गई है जैसे कजरेटी है जेरठ है और भी ये अपने जहाँ नदी किनारे गाँव है सेवुरान है हनोता जिनकी नदी किनारे किनारे गांव नदी आई है तो फसलें बिल्कुल 100 परसेंट नष्ट हो चुकी है तो उस संबंध में भी हम किसानों से जो अपने अधिकारी हैं जे डी एम साहब उनसे चर्चा करने आए हैं तो उन्होंने बोला है कि मैडम ऊपर से आदेश आ गए थोड़ी बारिश रुपए तो सभी कर्मचारी जो पटवारी आरआई रही तहसीलदार कृषि विभाग के कर्मचारी सब इसमें कार्रवाई कर रहे हैं और जहां नुकसान जैसा है तो मुआवजा राशि दी जाएगी और सब बड़ी समस्या है कि जो कर्ज माफी को लेकर पूरा जिला पूरा जिला पूरे जिले के किसान जो परेशान है कर्ज माफी को लेके जो कर्ज माफ किया था कांग्रेस की सरकार ने उस समय किसी का एक लाख हुआ है किसी का पचास हजार कर्ज माफी हुई है